तो हेलो तो इस कैसे आप लोग उम्मीद करते आगे रहने बड़े तो फिर से एक नया कॉन्फ़िग लेके आ चुका हूँ तो आज का कॉन्फ़िग फाइल बेसिकली आपको सी रैंक में वर्किंग होने वाला है सारे डिवाइस में वर्किंग करेगा सारे मोड में वर्किंग करेगा और स्पेशली आपको सीएस रैंक पे रैंक पुश करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ तो देखो आज के कॉन्टिक फाइल पे आपको 99% हेडशॉट मिल जाएगा मतलब 99% आपको एम बॉट मिल जाएगा और इसमें जीरो परसेंट रिकॉयर भी मैंने सेट कर दिया है और तो और सबसे बड़ी बात तो ये है इस कॉन्टिक फाइल पे आपको मैच ब्रेकिंग प्रॉब्लम भी नहीं मिलेगा और सबसे बड़ी बात तो ये है इसमें आपको रिपोर्ट प्रॉब्लम भी नहीं मिलेगा जो कि बंदो रिपोर्ट मारता है और आपका आई कुछ कुछ ब्लॉक लिस्ट में चला देता है आपको वो प्रॉब्लम भी आपको नहीं मिलेगा तो देखो भाई लोग मैं सिंप्ली कह रहा हूँ ये कॉन्टीफाइल मस्त फाइल है अब आप इसको अपने अप्लाई करके आप यूज़ कर सकते हो तो मैं आपको अप्लाई प्रोसेस भी दिखा दूँगा ऐसे फुल वीडियो वॉच करो और वीडियो पे कहीं पे पासवर्ड है इसलिए वीडियो स्किप करके मत देखोग बहुत सारे बंदे स्किप करके देखते हैं तो मैं आपका एक छोटा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ बहुत सारे बंदे मुझे कमेंट पर पूछते हैं भाई ये एंटी बैन है हाँ भाई ये एंटी बैन है आप इस अपनी रियलाइट पर यूज़ कर सकते हो और सिंपली अपना रैंक पुष्ट करवा सकते हो तो चलो मैं आपको अप्लाई प्रोसेस दिखा देता हूँ और एक बात कैसे जिनके डिवाइस में वर्क नहीं होता प्लीज़ वो लोग बंदे अपने डिवाइस का नाम लिख के कमेंट कर दीजिएगा नॉट वर्किंग तो देखो guys, अगर आप कमेंट कर देते हो और आपका डिवाइस का नाम लिख के दे देते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डिवाइस पे ऊपर वर्क करके मैं दूसरा कॉर्निफाइल आपके लिए लेके दूंगा तो चलो आपको अप्लाई प्रोसेस दिखा देते हैं तो डाउनलोड तो एकदम इजी है कॉर्निफाइल डाउनलोड कर लेना है देखो, आपको कुछ नहीं करना सबसे पहले मेरा जो कॉन्फिक लेना है पासवर्ड आपको वीडियो में मिल गया होगा तो पासवर्ड पे पुट करके इसको एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा तो एक्सट्रैक हो रहा है देखो इसके अंदर आपको कुछ फाइल्स मिलेगा और मतलब कॉन्फिकना है फिर आपको डिवाइस जगह डेटा पे जाके और फ्री फायर के अंदर जाके एंड्रॉइड कॉन्फ़िग के अंदर या पे सिंपली आपको अप्लाई टू रिप्लेस करके क्लिक करके पेस्ट कर देना है बस इतना सा कर दीजिएगा